हेलो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल ये है कि मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं आपको फ्री सेकंड का टाइम मिलेगा सही जवाब हमारे चैनल को लाइक करें करें सब्सक्राइब और हां बेल आइकन